कैसे आप महात सब बढ़िया होंगे तो सबको पहले तो गुड मॉर्निंग आज सुबह सुबह तो अभी जा रहा हूँ दूध लेने और आज मेरा साइंस का एग्ज़ाम है और साइंस का एग्ज़ाम कैसे जाएगा मुझे कुछ पता नहीं अभी मुँह भी नहीं धो पढ़ाई करके जस्ट आया था अभी दूध लेने ले के तो आप दूध ले कर आते चाय आपसे फिर उस बा उसके बाद आपसे मिलते फिर मोबाइल ले जा पाया एग्ज़ाम में तो ले जाऊँगा नहीं लेते ऊँगा फिर वापस आऊंगा तो शाम को जो शूट करूंगा ब्लॉग शूट होगा तो ठीक नहीं तो फिर मेरे को लगता नहीं आज ब्लॉग आएगा फाइनली दूध ले लिया और रोड पर थोड़ा गाड़ी आ रही आवाज़ आ रही है मुझे पता है और आई जान तो अभी चलते घर पे दूध तो ले लिया चाय पीते फिर उसके तो बाद थोड़ा सा रिविज़न करूँगा जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके फिर जाऊँगा मैं जो जो मेरा ब्लॉग देखता है डेली ब्लॉग देखता है मैं एक ही बात कहना चाहूँगा प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो यार आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ये पहले कर लो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किया करो कभी कपड़ा प्रेस करने जा रहा हूँ कपड़ा प्रेस कर दे पापा का कपड़ा है क्योंकि ये प्रेस करना बहुत जरूरी है पापा को अभी जाना है जॉब पे मतलब तो काम पे जाना है ऑफ़िस जाएंगे तो उसके लिए कपड़ा प्रेस चाहिए कपड़ा तो प्रेस करके फिर आपसे मिलते साड़ी वीड़ी बना लिया हो थोड़ा भी कपड़ा नहीं पहना इसलिए नीचे नहीं दिखा रहा और ये दाढ़ी देखो ऐसी आपको कैसी लग रही है बताओ क्लीन सेव रखो कि ऐसे ही रखो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे आप एक बार कमेंट में बताओ क्योंकि आप देखते हो ना पर मैंने अभी सुबह ही बोला था आपको भी फिलहाल अभी मैं मुंह धो लिया हूँ तो मैं आपको बोला था कि सुबह चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यारैसे लगते कि सब्सक्राइब कर लो फ्री में होता है सिर्फ रेड बटन दबाना है आपको ऑल कर देना बेस बेलाइकन को ऑल कर देना बस और अभी नहा धो के फिर आपसे मिलता हूँ फिर अभी स्कूल भी जाना है रेडी हो क्या और एक चीज़ आपको दिखाऊं क्या मालूम कैसे दिखेगी कि नहीं दिखेगी पर ये चेक करो आप बैक ग्राउंड का जो डिज़ाइन है ना कैसा लग रहा है बढ़िया ना मुझे तो बराबर दिख रहा है पर आपको दिख रहा है कि नहीं हो तो पता नहीं एक बार मैं सीशे में ये ये डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारी लगी थी जब मैंने टी शर्ट ली इस तो वजह से मैं ये टी शर्ट अपने साथ ही रखता हूँ और अभी थोड़ा ब्लर हो रहा है हाँ मालूम क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई मेरे फ़ोन में तो और भी खाना वाना खाते देखो खाना भी इधर निकाल के रखा है आलू का साग और रोटी है एक तो खा के फिर निकलते हम लोग अभी स्कूल से आ गया हूँ और अभी मतलब एग्ज़ाम दे आ गया हूँ आज साइंस का एग्ज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखा एग्ज़ाम मैंने और मज़ा ही आ गया आज का एग्ज़ाम दे के मतलब नेक्स्ट लेवल आज का एग्ज़ाम गया तो एकदम ईजी था बस लास्ट में दो मार्क्स का मेरा छुट गया था और अभी चलने घर पर और घर पर कुछ खा पी के फिर आपसे मिलता अभी कुछ बाहर अगर जाना लगा तो जाएँगे नहीं तो फिर सीधा साइंस टू का एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो अभी फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ चलते अभी घर पे। खाने में ये खिचड़ी है और ये चटनी है इसको खाते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं पंखा ऊपर चल रहा है बहुत आवाज आ तो रही है अभी पहले खाना खाते फिर उसके बाद अगर कहीं जाने का प्लान मिलेगा तो जाएँगे लोग तो अभी मैं घर से घर पर बैठा था मैं पढ़ ही रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं अभी जाता हूँ बाहर अपना जो डेली का काम है ना दूध देने का वो दूध देने गया था और अभी उधर से आ रहा हूँ जस्ट अभी उधर से आ रहा हूँ और अभी चाहूँगा घर पे फिर से कहूँगा ये या फिर मेरा भाई फ़ोन लेगा और क्या ना भाई मेरा भाई मुझे ऐसे फ़ोन ले लेता बोलता पढ़ाई करा कुछ नहीं इधर ही खत्म करते हैं मालूम है बहुत शोर हो रहा है तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर हो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो बहुत बाहर बोल चुका हो सब्सक्राइब कर लो